इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपने आपका जम बटन का साइज क्या, क्या होना चाहिए पूरी डिटेल्स इस वीडियो में मिलेगी तो चलिए वीडियो को शुरू करते है तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए मेरा नाम है बिटू और आप देख रहे हैं बी एस गे मार्ट तो आप सभी ज मेरे इस चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें और पास वाला नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेलेक्ट कर दें क्योंकि आने वाला वीडियो इससे भी मज़ेदार और टिप्स एंड टिक्स से भरा हुआ होगा तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं अपना कास्टमर चीजें तो प्रेस वन प्रेस सेट पे तो वन सेट पर तो मैंने बना के रखा है मेरा अपना है तो टू सेट पर आपको बना के पूरा डिटेल्स दिखाता हूँ तो इसको कर लेते हैं पहले रजिस्टर रजिस्ट्रेट करने के बाद आप लोग पूरी डिटेल से ध्यान से देखें और अच्छा से समझें आपका टू फिंगर कस्टम दी बहुत आसान तरीके से बनने वाला है और आपका हेडशॉट लगेगा पूरा हेडशॉट ही लगेगा दूसरा नहीं लगेगा राइट नंबर ही लगेगा तो ध्यान से मेरे इस वीडियो को देखते रहिए पहला नंबर पे आया हम लोग का गन बॉक्स तो गन बॉक्स हम लोग कितने में रखें तो गन बॉक्स मिनिमम आप लोग रखें एट्टी पे ये भाई कितना मैसेज करता है यार गन बॉक्स रखे 80 या 90 पे और इसको ऊपर की साइड से थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करके आप लोग अपने ध्यान से मतलब थोड़ा एडजस्ट करके लगा लें ऊपर की साइड का भी आपका किल वो देखना पड़ेगा ना इसीलिए थोड़ा सा साइड से ध्यान से लगा लें तो लगा लेने के बाद ये आपका गन स्विच एक है नैक्टर का गन स्विच इसको आप इधर छुपा के रख ले 50 -50, 50 -50 रख ले एक जब लेंगे आप तब इसको 50 क्लिक कर देने से बस हो गया उसको ज़्यादा तो नहीं चाहिए उसका बात आया हम लोगों का वाला बटन। तो वाला को रखें तो मेन रीजन हो गया आपका टू फिंगर के लिए टू फिंगर के लिए स्कूप वाला बटन को आपको रखना पड़ेगा इधर इधर रख के आपको पढ़ना पड़ेगा इसको सिक्सटी सिक्सटी या सिक्स कर दे आराम से बना ले इसको मैं तो सिक्सटी पे रख लिया उसके बाद आया आपका जंप बटन जंप बटन आपका सबसे मेन हो गया आप किसी को फायर करें तो जंप करना पड़ता है या कहीं दूर के जाने से भी जंप करना पड़ता है तो जंप बटन आपको मिनिमम आप यदि नया प्लेयर है तो आप इसको हंड्रेड में रख सकते हैं हंड्रेड में रखने से आपको क्लिक जल्दी होगी और नहीं तो आपको इधर इसको भी आपको 60 या 70 के आसपास ही रखना है जिससे आपका क्लिक हो अच्छा से उसके बाद हम लोग का आया बैठने वाला बटन क्राउज बटन क्राउज बटन को आपको वो जंप बटन के जैसे 70, 60, 80 ऐसे में रखना है और इस तीनों को आपको इस लाइन में इस डायरेक्शन में रख देना है तीनों को तीनों इस डायरेक्शन में रख के यहाँ पर सेट कर लेना है सेट करने के बाद आपका आया मेन ड्रैग बटन ड्रैग बटन को आपको कितना करना है कहाँ करना है कहाँ रखना है कैसे रखना है सब कुछ आप लोगों का ऊपर है आप लोग ही कर सकते हैं इसको क्योंकि इस सब को हटा लेता हूँ मैं एक बार क्योंकि देखिए आपका ड्रैग बटन कितना साइज होगा आपका थम आपका थम कितना साइज का है अब आप देखिए आपका थम इसमें पहुँचता है कि नहीं मेरा तो नहीं पहुँचता इसीलिए मैं पचास में रखता हूँ और आप लोग कितने मेरे है? और साइज आप लोग लो पे ऐसे क्लिक करते हैं आप लोग ट्रेनिंग में जाइए प्रैक्टिस कीजिए आप लोग मतलब आ, थोड़ा मुन के भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए हम लोग मतलब कहाँ पे आपका उंगली जा रहा है इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है तो इधर जा रहा है यदि इधर रखे और आगे जा रहा है थोड़ा आगे से रख ले तो इसका हो गया आपका मेन बात उसके बाद आया हम लोगों का सोने वाला बटन सोने वाला बटन तो आप लोग इधर रख लें ले इसका साइज छोटा करके छोटा ही कर ले इसको साइज तो इतना कम नहीं ले लगता पचास में रख ले बहुत आसान से हो जाएगा उसके बाद आया हम लोगों का मेन आप लोगों का आलोक वाला बटन आलोक वाला बटन को भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं सिक्सटी कर लेते हैं सिक्सटी या सेवेंटी कर लेते हैं चलिए सेवेंटी करके आपको अपना फायर वाला बटन के पास ही रखना है क्योंकि फायर करेंगे जब भी आपको डेमेज देगा क्रोनो है या हुकंग है आपको क्लिक करना पड़ेगा फट से जल्दी से क्लिक करना पड़ेगा इसीलिए आपका पास में रख लीजिए आराम से पास में रख लीजिए उसके बाद आया आपका रिवाइव बटन रिवाइव बटन आप यहाँ पे आराम से इधर ऊपर में रख लीजिए फायर वाला बटन पूरा नया है आप लोग तो पूरा हम लोग मेरा यह नया चैनल चे है आप लोग सपोर्ट कीजिए और ये आपका यूज वाला बटन तो बहुत थोड़ा कभी कभार यूज होता है तो इसका गन के नीचे थोड़ा सा गन के नीचे एडजस्ट करके जिस जितना जितना साइज में है उतना साइज में रख ले उसके बाद हम लोगों का हो गया इस साइड का पार्ट अभी आया इस साइड का पार्ट ठीक है इस साइड का पार्ट में हम लोगों का पहला ये पड़ता है ये तो क्लासिक में पड़ता है या पानी में जाने से पड़ता है तो इसको थोड़ा ऊपर करके कर रख ले कभी कभार ही काम देता है इसलिए ऊपर करके जितना साइज है उतने में रख ले कोई दिक्कत नहीं जो स्टिक का बारे में बताऊँगा लास्ट में जो का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो उसके बाद हम लोगों का आया मेडिकट मेडिकट तो भाई बहुत ज़रूरी है इसलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं भाई सिक्सटी कर लेते हैं सिक्सटी करके आपका इफ प्लेयर वाला जो लिस्ट है इसके नीचे में पूरा सेट कर दीजिएगा सुंदर अच्छा से सुंदर से ध्यान से उसके बाद आया आपका बैग में मेडिकेट पहले रखिएगा क्योंकि मेडिकेट तो क्लिक होता है ना उसके बाद आप बैग पे कह गए बैग पे भी उसे साइड में साइज में कर लीजिए 60 और इस मेडिकिट के आपको पूरे बगल में मतलब लाइन में लगा के एकदम पूरे अच्छा से लाइन से लगा के रख लीजिए रखने के बाद आपका आया एक ग्लोअ ग्लॉल का बटन और एक है आपका ग्रेनेड का बटन तो देखिए मेरा कस्टमर चीजी है तो ग्रेनेट का इधर है और गुलवाल का इधर है तो आप इसको अपनी तरीके से सेट कर लीजिएगा और गुलवाल का साइज रखिएगा पूरा 100 क्योंकि इसको क्लिक करना बहुत ज़रूरी है इसको क्लिक नहीं करोगे तो आप लोगों को भाई गुलवाल लगेगा नहीं ग्रेनेड को तो छोटा कर लीजिए कोई बात नहीं ये दो मैंने अलग अलग कर लिया है ये सब लोग आज अभी नया ये आया है इसको सब मतलब साथ में था पहले अभी ये अलग अलग हो गया है तो अलग अलग मैंने कर लिया है ग्रेनेड का यहाँ पे रख लिया है और ग्लूवल का यहाँ पे, मेरा पूरा कस्टमर चीज़ी आपको जो दिखाना हो पूरा हेडशॉट ही लगेगा दूसरा कुछ भी नहीं लगेगा भाई ध्यान से देख लो ना देख लेना और सीख जाओगे बहुत आसानी से तो का बटन यहाँ रख लिया उसके बाद आया आपका रनिंग बटन रनिंग बटन बहुत जरूरी है आपके लिए रन तो करना पड़ेगा भाई तो रनिंग बटन को हम लोग 70 में रख लेते हैं 70 करके 70 और रख लेते हैं पूरा मेडिकेट के बगल पे क्योंकि रनिंग करना है रनिंग में कोई यदि फायर करे तो इनहेलर करना है तो मेडिकिट तो यूज करना पड़ेगा ना तो इसीलिए रनिंग बटन के साथ में और लेफ्ट फायर बटन लेफ़्ट फायर बटन को मुझे जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है क्योंकि मैं ज़्यादा लेफ़्ट फायर बटन यूज़ नहीं करता मैं तो राइट फायर बटन ही यूज़ करता हूँ ज़्यादातर ड्रैग फायर बटन ही ब्लू वालू में भी ड्रैग फायर बटन ही यूज़ करता हूँ मैं ज़्यादा इसीलिए मैं लेफ्ट फायर बटन यूज़ ज़्यादा नहीं करता हूँ कम करता हूँ मतलब करता हूँ नहीं करता हूँ बोल नहीं करता हूँ तो इसका साइज मैंने सेवेंटी ही रखा है सेवेंटी ही रखा है तो इसका साइज मैंने सेवेंटी करके आपको ग्लॉल के बगल पे ही रखना है तो क्यों आपका बहुत आसानी से ग्लॉल पे टेप किए और सॉरी फायर पे टेप किए बैठने वाला क्राउस किया ग्ल पे टेप किया उसके बाद फायर वाला किया ठीक है ना? तो ये आपका आप ट्रेनिंग ग्राउंड में जाओगे प्रैक्टिस करोगे तो आपका आसानी से लग जाएगा आसानी से कोई भी आपका दिक्कत नहीं होने वाला है ये मेरा गारंटी है और आप लोग हेड शॉर्ट के बिना दूसरा कुछ शॉट नहीं मारने वाले हो ये मैं आपको लिख के दे दूँगा लिख के दूँगा भाई तो भाई मेन आ गया हम लोगों का चॉइसटिक चॉइसटिक का आपको ज़्यादा छोटा नहीं करना है भाई ज़्यादा छोटा करोगे तो दिक्कत है इसको आप लोग 20 में रख ले 20 में रख ले और इसको इधर पे सेट कर ले आराम से क्योंकि आपको यहाँ पे क्राउज करके राउंड करना है आप कहीं पे बैठे हैं तो राउंड करना है आप इसीलिए यहाँ पे रख ले अगर आप लोग ये ग्लोअल का बटन यहाँ रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है तब क्या करें आप क्रेनेर का बटन को ले आए और ग्रेनेट का बटन को आपको रखना है यहाँ पे आपका ये जो है इसके ऊपर पे रखना है इसको तो कभी कभार यूज होता है इसके यहाँ पे रख लेना है आराम से तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगा तो गुलवाल आप लोग को यहाँ रखना है तो यहाँ रख ले बहुत आसन से रन करे गुलवाल करे बैठने वाला क्राउज मैंने क्राउज को क्लिक करें और आप लोग फायर स्विच को डाउन पे क्लिक करें तो आपका ग्लूवल ऑटोमेटिक लग जाएगा मैं लेफ्ट बटन का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता इसीलिए राइट बटन से आपको बता रहा हूँ ड्रैग करें क्राउज करें ग्लूवल को क्लिक करें और डाउन करें आपका सीधे ग्लॉल लग जाएगा आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा तो आप लोग देख लें आसानी से ये मेरा कास्टम एच है आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट करके अपने अपने मतलब ऊपर शेयर सिलेक्ट कर सकते हैं आप लोग अपने बना सकते हैं आप लोगों का यदि कस्टमर यदि आप लोग में मतलब जो है आप लोग उसमें सहमत है तो उसी में रहने दें आप लोग दूसरा चेंज मत करें उसको कभी भी चेंज मत करें और इसमें आप लोग पंद्रह दिन ट्राई करें पंद्रह दिन के बाद आप मुझे आ फिर कॉमेंट करें यदि आपका हेडसेट नहीं लगता है तो भाई मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगा और भाई साहब सही बोल रहा हूँ तो आप लोग ये पूरा देख लें, आप लोग के इधर रख सकते हैं या फिर इधर रख सकते हैं ये सबसे बड़ा मतलब ध्यान देने वाला बात है तो आप लोग इधर भी रख सकते हैं या इधर भी रख सकते हैं, ठीक है तो आप लोग जिधर रखे वो आप लोग और थम, ये तो आपका ठम के हिसाब से होगा हायर बर्न ट्रेक बर्तन तो ये आप लोग देख ले आराम से अपने आप आ, मतलब वो कर लें और गन स्विस्ट गन का बॉक्स को तो आपको बताइए था गन का बॉक्स एट्टी नाइनटी पे रखें और ऊपर से अच्छा सा सेट करें क्योंकि आपका उंगली आएगा और एक बात एक बात ध्यान देने वाले बात है भाई आप लोग इस सब का ये ट्रांसपेरेंट जो कलर कमती करने वाला है ये कभी मत कीजिए ने यह आपका कभी मत कीजिए क्यों क्योंकि आप लोगों को क्लिक करने के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाली है भाई ये क्लिक करोगे तो और मेरा मोबाइल है भाई रेडमी नोट 8 तो आपका फोर जी बी रैम है मेरा मोबाइल का तो इसमें तो भाई अल्ट्रा पे खेलता हूँ तो थोड़ा लेक करता है इसी वजह से मैं अल्ट्रा पे नहीं खेलता खेल पाता है इसीलिए भाई जैसे तैसे मोबाइल भी एक लेना पड़ेगा तो आप लोग थोड़े से मुझे सपोर्ट कीजिए भाई और लाइक के बटन को क्लिक कीजिए यदि वीडियो को अच्छा लगा तो पूरा कस्टमर जीडी देख लीजिए और आप लोग भी कस्टमर जीडी ऐसे सेट कर सकते हैं तो मिलते हैं किसी नए वीडियो को नए टॉपिक के साथ टाटा बाय बाय